टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अप्रेंटिसिप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि इंडियन रेलवे में निकली हुई है बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी ये जो अप्रेंटिसिप निकली हुई है ये 26 मार्च 2022 को निकली हुई है अब मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाने जा रहा हूं। ये नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी 26 मार्च 2022 को निकला हुआ है और ये आज की डेट से ही ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है इसकी लास्ट डेट 26 अप्रैल 2022 है ऑनलाइन पेमेंट भुगतान है इसकी अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2022 ये जो अप्रेंटिसिप निकली हुई है ये आई तथा नॉन आई दोनों ही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड्स की रिक्वायर्ट्स है। आई टी कैंडिडेट्स में फिटर कारपेंटर पेंटर मशीनिस्ट वेल्डर इलेक्ट्रीशियन जिन कैंडिडेट्स ने इन ट्रेड से आई किया हुआ है वे सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं अब हम देखेंगे नॉन आई टी ये तो आई टी कैंडिडेट्स के लिए थी अब देखिए नॉन आईटीआई के लिए ये आपके सामने दिख रहा है नॉन आईटीआई में फिटर कारपेंटर पेंटर मशीनिस्ट वेल्डर इलेक्ट्रीशियन ये नॉन आईटीआई टी आई कैंडिडेट्स के लिए मतलब जिन कैंडिडेट्स ने आईटीआई किया हुआ है उन कैंडिडेट्स के लिए अलग सीट्स हैं और जिन्होंने आईटीआई नहीं किया हुआ है उनके लिए अलग सीट्स हैं दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अब हम देखेंगे इसमें एज की लिमिट क्या है हाँ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वह आपको मालूम होना चाहिए किसी भी अप्रेंटिसिप का फॉर्म फिल करने से पहले आपको अप्रेंटिसिप डॉट जी डॉट इन पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग आर की वेबसाइट पर पंजीकरा कर पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है इस कार्य को आपको सबसे पहले करना है अगर आपको अप्रेंटिसिप की ऑफिशियल साइट में रजिस्ट्रेशन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स में कमेंट करिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन देखेंगे नॉन आईटीआई के लिए यहां पे मांगे गया है क्लास टेंथ अथवा क्लास ट्वेल्व में 50 परसेंट मार्क्स मिनिमम होने चाहिए या उससे अधिक और उम्मीदवार के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 मार्च 2000 पूर्व से होनी चाहिए मतलब नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने क्या बोला हुआ है या तो वह हाई स्कूल पास हो या तो इंटर पास हो और उसके मिनिमम पचास मार्क्स होने चाहिए इससे कम वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं अधिक वाले कर सकते हैं और जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो 26 मार्च से पूर्व की होनी चाहिए और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए क्या हाई स्कूल पास प्लस आईटीआई संबंधित ट्रेड से उत्तीर्ण होना चाहिए सेम वही कैटेगरी है 26 मार्च से पहले की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अब आगे देखेंगे हम एज की जो क्राइटेरिया है नॉन आईटीआई के लिए 15 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए और आईटीआई आई के लिए 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और यहाँ पे इन्होंने दिया है वेल्डर एवं कारपेंटर के लिए जो एज की लिमिट दी गई हुई है 15 से 22 वर्ष और बाकी ट्रेड्स के लिए इन्होंने आईटीआई के लिए दिया है पंद्रह से चौबीस साल के बीच में होनी चाहिए आपको जो एज में छूट मिलती है वो गवर्नमेंट के अनुसार आपको दी जाएगी अब हम आगे देखेंगे चयन का आधार क्या है उपरोक्त विधियों में नामित मेट्रिकुलेशन के प्राप्त अंकों के आधार पर इसमें लिखा है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वह हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा जो कि मेरिट बनेगी अगर उस मेरिट के अंतर्गत आप आएंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा और लिखा हुआ नॉन आई चयनित आईटीआई उत्तीर्ण को अभ्यार्थी को लिया जाएगा परंतु उन्हें आईटीआई आई के प्राप्त का कोई बैटेज नहीं दिया जाएगा केवल उनके पास ट्रेड का प्रमाण पत्र यात्र होना चाहिए आईटीआई हो या, या आई आई कैंडिडेट, जो भी इनकी मेरिट बनेगी वह हाई स्कूल के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी और आईटीआई टी आई की जो सीट है आई टी आई को इतना प्रेफरेंस दिया गया है की उनके पास आई, आई की मार्कशीट होना कंपलसरी है तभी वो आई, आई वाली ट्रेड्स पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है हंड्रेड की यहां पे फीस लगेगी आवेदन शुल्क सौ रुपए जो कि ऑनलाइन माध्यम से पे किया जाएगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्स में दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जेपीजी में आपके सारे दस्तावेज कॉपी लगेगी फ़ोटोग्राफ लगेगा आपका सिग्नेचर लगेगी तरीके थे सारे नोटिफिकेशन आपको मैंने यहां पे दिखा दिया है अब यहां पे गाइडलाइंस जो दी गई हैं क्या क्या आपको फॉलो करनी है ऑनलाइन के समय ये आपको दिख रही है यहां पर आखिर अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरीके की कि प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट्स करिए मैं आपको फॉर्म फिल करके भी यहां पर आपको दिखा दूंगा अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फ़ॉर वाच माय वीडियो